मेरवाइज़ कैसे आप लोग आगे सब बढ़िया रहेंगे बढ़िया ही होने चाहिए वेलकम टू माई न्यूज ब्लॉग तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ मेरा दो दिन से मतलब मैं बोल रहा हूँ ना मतलब मैं उधर वीडियो अपलोड कर रहा था और करते करते कल मैंने शाम को एक वीडियो अपलोड की मतलब क्योंकि उसमें जो मेरा शेड्यूल है वो शाम का है तो मैंने उस पर वीडियो अपलोड किया अचानक से वो चैनल आज मुझे सुबह उठा मैं सर्च कर रहा हूँ कहा गा, राइज़ दिखी नहीं रहे और किसी को कुछ टेक्निक पता है चैनल रिकन लाने का तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो यार बहुत ज़्यादा तकलीफ में मैं पढ़ गया हूँ बहुत ज़्यादा मैंने उस चैनल से मैंने क्या क्या सोचा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब बहुत कुछ मैंने सोच के रखा था उस चैनल के बारे में तो आज फाइनली वो चैनल मुझे दिख ही नहीं रहा है मैं बहुत तकलीफ में पढ़ गया हूँ और मैं यहाँ पर एक जगह रुक के इसलिए ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अभी आप सोच रहे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में पढ़ गया हूँ जो है यहाँ पर अभी चाहता तो फिर आवाज़ बहुत आती इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं की यहाँ रुक के और अभी मैं वो चैनल मुझे दिख नहीं रहा तो अभी मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं काम कर रहा है तो मैं क्या करूँ मैंने अभी वो चैनल रहता ना तो मैंने जो गाड़ी बुक करने के बारे में सोचा था तो वो भी था तो अभी गाड़ी जो मैंने बुकिंग की है तो उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा तो चैनल रिकन नहीं आया क्योंकि मैंने उसके भरोसे किया था क्योंकि वहाँ से अर्निंग आई मैं डाल दूँगा करके पर अभी मैं क्या कर सकता हूँ अभी मेरा चैनल दिख नहीं रहा पे है यूट्यूब अचानक से डिलीट हो गया डेड हो गया क्या चला गया कुछ पता ही नहीं चल रहा है गाय और अच्छे खास उस पर सब्सक्राइबर थे वन के प्लस सब्सक्राइबर थे वो भी गायब हो गए मतलब दिख ही नहीं रहे चैनल में सर्च कर रहा हूँ दिख ही नहीं रहा मैं क्या करूँ यार मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा रोने जैसा मूव बन गया और, और आपको शाम को मैं बात करके भाई से एक और गुड न्यूज़ दूँगा एक तो ये बैड न्यूज़ हो गई शाम को गुड न्यूज़ दूँगा क्योंकि हर ब्लॉगिंग भी चलते यहाँ से लेट हो जाएगा तो ब्लॉगिंग में एक चीज़ रहता है कि आप अगर गुड न्यूज़ दे रहे हो मतलब बैड न्यूज़ दे रहे हो तो गुड न्यूज़ दो और अपनी अच्छी लाइफ दिखाओ लोगों को इंप्रेस करो अभी मैं तो ये देखिए मतलब लोगों इंप्रेस होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं पर मैं थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हुआ तो इसलिए मैंने आपको बताया अगर किसी को कुछ टेक्निक पता हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करो और बताओ कि ऐसे चैनल रिटर्न आ जाएगा तो फिर मैं चलता हूँ फिर शाम को ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा और वो गुड न्यूज़ के साथ ही आपके आपसे बात करता हूँ और तो मैंने गुड न्यूज़ की बात की थी ना गुड न्यूज़ ये थी कि जो है अपना यस कस्टमग्राज कस्टम ग्राज भोपाल में है उनसे वो भाई से यस भाई से अपनी बात हुई थी पर बहुत टाइम पहले बात हुई थी, थी फिर उसके बाद बात ही नहीं हुई अचानक से आ, मतलब काम धाम और एग्ज़ाम के चक्कर में बात नहीं किया तो आज मैंने कॉल किया पर उठा कहीं बिजी थे इसलिए वो कॉल नहीं उठाई और जैसे वो फ्री होंगे पता मुझे पता है हंड्रेड वो कॉल करेंगे तो अभी घर पे जाके फिर से एक और बार ट्राई करूँगा और बात की हुई तो और ये गुड न्यूज़ मैं बताऊँ उन्होंने खुद से लेम्बोगी एवेंटाडोर उन्होंने खुद से ही बनाई है सो होंडा सीरीज को उन्होंने लैम्बोगनी एवंटाडोर बनाई है तो वो देखने के लिए मैं वहाँ जाने वाला हूँ मतलब भाई ने मुझे बोला कि आ जाओ ठीक है मिल लेंगे अपन तो इसलिए मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ और यही गुड न्यूज़ भी और लैम्बोगनी मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ और उसमें बैठने का एक्सपीरियंस भी देखता हूँ अगर भाई के पास और अभी बात नहीं हुई है कि, कि जब बात हुई थी बहुत टाइम हो गया है तो अभी पता नहीं उनके पास होगी कि नहीं होगी वो बेच दिए रहेंगे कुछ पता नहीं है तो अभी पहले बात करता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ मेरा तक अभी तक वो वाला चैनल रिकवर नहीं हुआ है तो जैसे होएगा तो बताऊँगा वो मैं नाम बता देता हूँ द ट्वेंटी राइडर करके था क्योंकि वो चैनल अब दिख ही नहीं रहा यूट्यूब पर एक लाख वन के सब्सक्राइबर थे एक लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड सब्सक्राइबर के उसको वो तो चैनल दिख ही नहीं रहा है तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी तो फटाफट से चलते घर पे, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट से उस चैनल पे, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लैमो आने वाली है अपनी मतलब वीडियो में आने वाली है ख़रीदने वाले नहीं तो चलते घर पे